आ चुका है, तो इसका प्राइस देख सकते हैं। करेंगे। चलिए, इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको ज्वाइन कैसे कर लें तो आप लोग देख सकते हैं जो होलडे तो उसके अंदर इसको डालना होगा तो जैसे कि आप लोग फिर आपको गोल गोल घुस घुमाते रहना इसको फिर ये घूमने वाला अभी तो ये हो चुका है दोस्तों तो आप लोगों को इसका क्लिप खोल देना है तभी ये लंबा हो पाएगा तो मैं जैसे खोल रहा हूँ तो देखिए ये कितना लंबा हो चुका है तो फ्रेंड्स आपको फिर इसकी क्लिप जो है मन कर देनी है तो मैं सारे को सारे क्लिप को खोल के फिर से मंद कर रहा हूँ उसकी तो फ्रेंड्स देना है तो फिर तो फोन काम नहीं कर रहा तो के तो, तो अभी मैं ये वाला फोन इसके अंदर लगा के आपको दिखाता हूं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये टाइप के अंदर है फोन तो चलिए अच्छा वीडियो खत्म करते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना हो बाय बाय